हर साल मनाते हैं लोग रोज डे चॉकलेट डे पर हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ रोज डे चॉकलेट दे नहीं बस नट दे बोल्ट दे पना दे और जल्दी दे